अब एक बार गाइज ये जो आर पे जिनके नाम आ रहे हैं पढ़ लो क्योंकि आज मैं भाई इन सब को चुन चुन के मारने वाला हूँ तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और निविड़े के साथ वापस और आज के मैच में खास बात ये है कि जिन बंदों के टॉप पे नाम है ना भाई मैंने सबको फेला है ठीक है ना तो बस देखते जाओ जैसे यहाँ पे उतरे अब सिचुएशन को पहले कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मतलब हेलमेट वेस्ट उठाते हैं और फिर बंदों की तरफ टूट पड़ते हैं चलो भाई स्वागत हो चुका है इस बंदे का अगर नाम जाके देखोगे तो इस बंदे का नाम भी आप ही मेरा सामने बंदा देखा अब चलो आज एक छोटा सा काम दे रहा हूं आप लोगों को ठीक है ध्यान से सुनना काम बस यही है कि जिन बंदों का नाम आरपी में था उनमें से कितने बंदों को मैं मारने वाला वालों आपको यही कमेंट करके बताना है फिर देखते हैं भाई कितने सारे लोग सही जवाब देते हैं खैर यहां पर देखो बंदे को मारा लूट लूटी मतलब मारते मारते इतना भी लीन नहीं होना चाहिए भाई यार पीछे बंदा आ गया तो मैं मार के चला गया इसको कुछ पता नहीं चला और ये लोकल भी चोरी हो गया इसका बट ध्यान से देखना भाई मेरे पीछे से। सामने से बंदा आया और मेरे पास एक एम थी जिसमें जल्दी से अंदर घुसे कहीं ऐसा ना कि बंदा मेरे सर पर सारे एम फुर के हेड चिपका दे बट थोड़ी देर बाद इन लोगों ने देखो मेरे पर रश कर दिया भाई और एक बहुत ही मस्त चीज दिखाऊंगा अभी ठीक है देख देना पहले देखो ये बंदे कैसे वेप्रश करते हैं एक बंदा आया और इस बंदे का भी नाम थोड़ा सा याद रख लेना ठीक है भाई जिस बंदे को अभी मारा ना कोने में वो बंदा गुड्डा बना हुआ था बहुत देर से और भाई पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहा था वो वीडियो में पीछे जाके देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि वो बंदा गुड्डा बना हुआ था वैसे अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं गुड्डा गुड्डा क्या चिल्ला रहा हूं तो बताता हूं देखो जरा अभी अभी जैसे मैंने इस बंदे को मारा अभी एक बंदे को और साउंड आ रहा था ओके okay, तो उसे भी मेरी पोजीशन पता है तो यहां पर अब होगा बराबरी का मामला थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अब मैंने साउंड लिया मुझे पता चला वो राइट right में जा रहा है मैं इधर आया तो भाई साहब सबसे पहले तो भाई इस खतरनाक आईक्यू के लिए एक एक लाइक ठोको एम करते हैं ट्वेंटी थाउजेंड लाइक इस वीडियो पे एंड सभी लोग सब्सक्राइब भी कर दे रहे तो देखो भैया गुड्डा है ये अगर इन लोग को नहीं पता है उनको बता बाकी जिनको पता है इग्नोर करो ठीक है अब यहां पर देखो फंसाते शिकार को ये आया भाई ये चीज इतनी मस्त लगती है मेरे को कभी कभी तो मैं गुड्डों को भी पकड़ लेता हूं क्योंकि मुझे शक हो जाता है क्योंकि एक ही जगह पे दो तो दो तो गुड्डे तो नहीं हो सकते अब मैं तुम लोग को इसका एग्जांपल भी दिखा दूंगा ठीक है ये देखो भाई एक साथ ये दो डॉल नहीं होती है पता है इस बंदे को दिमाग लगे और ये बंदा पता यह क्यों बैठा होता भाई सब इस तिजोरी की वो रखवाली कर रहा था ठीक है अब फिर से चलो एक और शिकार पड़ते हैं पकड़ते हैं मेरे हिसाब से भाई ये वाला बंदा तो बच के निकल ही गया है। ये जैसे ग्रेण फटा मैंने सबसे पहले अपनी पोजिशन चेंज करी और मैं यहां पर थोड़ी देर हम देखो पेशियंस के साथ में पेशियंस इज द की ऑफ सक्सेस आप लोगों को पता ही होगा एंड तभी यार देखो एक कहावत तो सुनी होगी डायमंड कट्स डायमंड तो वैसे यार सांप को मारने के लिए भी मेरे को सांप बनना ही पड़ेगा फाइनली भाई साहब यहां पे जो फाइट होने वाली देखते जाओ अब मुझे लगा ये लोग शायद नहीं आने वाले लेकिन वो थे प्रो प्लेयर ऐसे कैसे नहीं आएंगे भाई रश करेंगे एक सेकंड। उसके पास एक्सूट था क्या नहीं मुझे ऐसा लगा शायद उसके पास पूरा था अब जैसे इनको मारा तभी मेरे को एक साउंड आया तो मैंने पहले अपनी हेल्थ लगाई उसके बाद मैं ग्रैंड फेंका आप देखते जाना भैया ये साउंड किस चीज का है ठीक है बाप रे ये बॉट था और ग्रेनेड फेंकने पे तो ऐसे भागा मानो जैसे कोई असली बंदा हो खैर जो भी है तुम्हारा कोई तो घात लगाए बैठा था भाई, मेरी हेल्थ देखो। बस ये गोली की और जानती मैं खत्म था अब इसके बाद में देखो मैं आया अपार्टमेंट और जैसे यहां पर आया किसी ने आती ग्रेनेट की पिन खींची भाई तो मैं समझ गया पक्का वो सीढ़ फेंकेगा इसलिए मैं नहीं गया थोड़ी देर जैसे ग्रेड फटा उसके बाद में ऊपर चढ़ता हूं एक ग्रेण फेंकने के बाद जैसे यहां आया अरे भाई इस बंदे का नाम भी याद रखना बस हिंट दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हें एग्जाम भी देना है तुम लोगों को बताना है कमेंट में कितने बंदे हैं जिनको मैंने मारा है वो आरपी वाले ठीक है सो so, मैं भी तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा हूँ फाइनली गाइज जोन में हम आगे बढ़ना था और मैं आ चुका था यहाँ और यहाँ की फाइट बहुत लंबी चलने वाली है तो बस देखते जाओ दिखा कोई घर पे ऑल right, तो वहां उनके कुछ आपसी मामले है वो सुलझा रहे हैं फाइट वाइट करके लेकिन तब तक हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे भाई इतना कर दिया कि गिर के नौक हो गया। देखो जरा। अब जैसे मैंने किल फीड पड़ा। मैंने सामने देखा बंदा भी दिखा मगर यार इस बाला ने मेरा किल चला लिया भाई साहब क्या ही बताऊ बहुत बुरा लगा मेरे को जैसे यहां से पगी लेकर निकलने वाला था तभी भाई साइड से पड़ी मेरे को और देखो इसका तो मैं कैसे बैंड बजाने वाला हो क्योंकि ओपन में खड़े लेट के ये बंदा कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखा रहा है सो so यहां पर पहले मैंने आ, मतलब इस तरीके से टीपीपी का यूज करके बंदों को पहले स्पॉट किया क्योंकि कि वहां स्नाइपर भी चली थी अगर आप लोगों ध्यान से सुनी तो फाइनली एक परफेक्ट एंगल मिला मेरे को और देखो आप यार इस बंदे को ना दो बॉडी और दो हेड लगे और मुझे नहीं पता ये क्यों नॉक नहीं हुआ है बस छोड़ दो अब अब आगे चलते ओके okay, तो अब देखो उसे मेरी पता है तो यहां पर रिस्क नहीं लेगा ले क्योंकि ये मोबाइल तुम लोगों को पता है ना कि पिंक बेसक 40 दिखा रहा है लेकिन है वो 400 के बराबर हा घर को फाड़ दो ना तुम चारों तरफ से मार के हाय बेचारा इस बंदी की किस्मत भाई वो छुपे तो च्छिपे के पीछे यार मतलब इस मतलब इस लेके मैं सही में खुद को ही हूं भाई कि क्यों उठा लिया मैंने एक कबाड़ अब यहां पर मैंने स्मोक किया ताकि वो बंदा मेरे को मारे ना बट बग्गी लेके जैसे यहां से आगे बढ़ता हूं तभी मेरे को सामने कोई दिखाई दिया ठीक है अब देखते जाओ बस सिक्स को मैंने पूरा ओपन किया कि देखो ये, ये बंदा भी भाई दो बॉडी दो हैड में मर गया लेकिन वो वाला पता नहीं क्यों नहीं मरा था अब खैर छोड़ो यार आगे चलते अब बग्गी उठा के मैं जैसे ही यहाँ से निकला तो मेरे को एक बहुत ही अच्छी लोकेशन मिली हाँ लेकिन तीस सेकंड के लिए थी बस ठीक है और सामने से कोई फायरिंग भी कर रहा था तो पहले एक काम करते रास्ता सफा करते इतनी अच्छी कार्य चलाने के लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए तुम लोग मजाक समझ रहे भाई क्या ही हैंडल की मैंने यहां पर ठीक है बट कोई नहीं अब क्योंकि क्यों वो बंदा लेट था तो मैंने सोचा चलो रश कर देते बट मुझे अब ऐसा भी लगा कि नहीं करना चाहिए ये आवाज सुन के ठीक है सो यहां पर मैं जोन में आया और जैसे यहां आया ऊबर चढ़ा वही बंदे दिखाई दिए और और ये ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? पक्का ये किसी और से भी खा के आया भाई साहब अब यहां पर मैंने फेंका और वो वाला किल तो मुझे मिल चुका था अब मैंने सोचा कि चलो गाड़ी को फोड़ता हूं तो मेरे पास एमओ कम थे जल्दी से मैंने अपनी जो शॉप वाली पावर उसका इस्तेमाल किया यहां पर फाइव के एमओ मंगाए और इससे पहले की मैं फायरिंग करता आई थिंक थोड़ी सी देर हो गई थी जी वो यूएज लेके निकल चुका था लेकिन मैंने भी भाई साहब एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया है कि हाँ बस ये फट जाए ओके अब फाइट थी वन बी टू की और वो जो गाड़ी यहां से गई थी उनका तो काम हो चुका है ठीक है सो so, यहाँ पर मैंने अभी एक बंदे को लॉक कर दिया तो तुम लोगों को पता है अब ये टाइम किस चीज़ का है जी हाँ का सीधा मुंह पे रस करने का लेकिन एक बार फिर से होमवर्क याद दिला देता हूँ कि आप लोगों को बताना है अभी कि आरपी के कितने बंदों को मैंने मारा है और हाँ होमवर्क ज़रूर करना है एक और छोटा सा काम है कि लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसे शेयर भी कर सकते हैं और चैनल पहली बार अभी वीडियो देख रहे हो तो मज़ा चैनल को सब्सक्राइब भी करना अब यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे सीन बहुत खतरनाक होने वाला है नहीं नहीं मरने नहीं वाला हूँ देखते जाओ बस क्या चल रहा है ये मैं जी टी ए खेल रहा हूं क्या बंदे की थिंकिंग सही थी कि मैं जोन के बाहर हूंगा तो लिट हूंगा लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे पास है एम जी थ्री तो क्या मिल्च डिलीशियस चिकन आई होप क्या बोलोग की मैच अच्छा लगा होगा अब अच्छा लगा था जिन्हें कॉमेंट करके बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो अपना ख्याल रखना बाय बाय जय हिंद वन दे मात्र थैंक्सर वॉचिंग